तो सोशल इशू पे मैंने लिखा है अः uh, अब लगता है मुझमें ठहराव सा, मुझ सा, मुझ सा आ गया है नहीं कहती हूं अब कोई भी बात बिना सोचे समझे वो बच्चों सा अब ठोकर खा गया है अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है ये दुनिया बड़ा ही जज करती है हमें शायद इस बात से आ गया है अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है नहीं कहती हूँ आप कोई भी बात बिना सोचे समझे वो बच्चों सा दिल अब ठोकर खा गया है अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है ये बड़ा ही जज करती है हमें शायद इस बात से आ गया है अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है वो अल्हड़पन वो बिन मतलब की हंसी वो बारिश में यूं ही भीग जाना किसी के जरा से डांट देने पर भी रूठ जाना किसी के जरा से डांट देने पर भी रूठ जाना वो माँ के लाख मनाने पर भी खाना नहीं खाना वो अपनी पसंद की एक छोटी सी चीज के लिए पूरे घर को सर पर उठाना वो भर ठंड में बिना बीमार होने की परवाह किए आइसक्रीम खाना लड़का हो या लड़की बिना सोचे समझे सबको अपना दोस्त बनाना गुम गया है शायद कहीं वो कुछ या छुप गया है किसी के डर से कि कहीं कोई जज न कर ले के फिजूल में क्यों हंसती हो यहाँ से वहां क्यों फिरती हो तुम लड़की हो लोग क्या सोचेंगे सोचा है कभी इतनी जोर से मत हसा करो ऐसे मत चला करो सोच समझ कर बोला करो लोग क्या सोचेंगे सोचा है कभी लड़कों को दोस्त मत बनाया करो इतनी देर से घर मत आया करो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने क्या लड़कों को उकसाना चाहती हो पर कोई ये क्यों नहीं कहता जो ऐसा सोचते हैं उन्हें शर्म कब आएगी ये सारी दुनिया इस पर कब गौर फरमाएगी जिसने छेड़ा या रेप किया उसकी उसकी कोई गलती नहीं उसकी नहीं इज्जत इज्जत तो तुम्हारी गई मुजरिम को को सजा सजा देने के बदले कब तक नारी को सजा मिलती जाएगी ये दुनिया कब तक यूं ही माँ बहन बेटी के इज्जत पर लालझन लगाएगी क्यों उस लड़की को जिंदगी भर जीने नहीं दिया जाता है तुम किसी काबिल नहीं हो सारी जिंदगी ये एहसास कराया जाता है जबकि गलती करने वाला सिर्फ कुछ साल की सजा पाकर बाहर आ जाता है पर उस नारी को तुम अपवित्र अपवित्रो ये करती नहीं क्यों कर उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है जब ये टैग लड़की पर से जिंदगी भर नहीं छूटने देते ये लोग तो उन दरिंदों को मौत की सजा क्यों नहीं देते ये लोग खैर छोड़ो जाने दो इस समस्या का कोई हल नहीं है। तुम लड़की हो तुम्हें ही समझना होगा, तुम्हें ही बचकर चलना होगा। कोई कोई तुम्हारे बारे में टिप्पणी कर दे, सोचकर तुम्हें ही हमेशा पर्दे में रहना होगा। भैया हम तो बड़े संस्कारों वाले हैं तुम्हारी आवाज तुम औरत हो तुम्हें ही समझना होगा ये कहकर तुम्हें ही चुप कराएंगे तुम्हें ही हम घूंघट पहनाएंगे मगर हम उनकी आज को नजरबंद नहीं कर पाएंगे जो तुम्हें ऐसे देखते हैं उनकी अकल ठिकाने हम कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम ठिकारी हो, हो अरे वो तो मवाली है, तुम है, चुप हो जाओ क्योंकि घर की इज्जत तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है ये सुन सुन कर अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है ऐसा नहीं की मन नहीं करता अब मन से जीने का मगर जिम्मेदारियों ने लोगों के जजमेंट ने मुझे ऐसा बना दिया है कि तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा क्योंकि तुम एक नारी हो जिंदगी का वो इन कैसे सोच सकती हो उदारता तुम्हारा कर्म है और सबके लिए जीना तुम्हारा फर्ज है अपने लिए सोचोगी तो स्वार्थ ही कहलाओगी तुम्हे अपने लिए जीने का कोई हक नहीं है ये हम कभी कहेंगे नहीं मगर हम तुम से चाहते हैं। अब किस-किसको मैं कि माना मैं हूं। देना शायद मेरी है। पर आप, तो आप सबकी भावनाओं का ख्याल वैसे ही मेरी भावनाओं का ख्याल रखना कि आप सबकी नहीं जिम्मेदारी है अपने परिवार की खुशी के लिए सारी जिंदगी उनके फैसलों पर चलना मंजूर है मुझे पर क्या आपको नहीं लगता हमारी जिंदगी के कुछ फैसलों की हम भी अधिकारी हैं। मैं पूछती हूँ माँ बनी कभी बहन कभी न जाने किस किस रूप में सारा जीवन मैंने जिम्मेदारियां निभाई है तो क्या मेरी रक्षा करना मेरे अधिकारों के लिए लड़ना आप सबकी नहीं जिम्मेदारी है ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से तो स्त्री और पुरुष के भेद से उभर मैं खुद को एक इंसान कहना चाहती हूँ मैं जो हूँ वो मैं होना चाहती हूँ बहुत अच्छा